हेलो दोस्तों नमस्कार सलाम सत दोस्तों आप कैसे उम्मीद करूँगा बढ़िया होंगे और बढ़िया होना चाहिए दोस्तों तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने कल आठ तारीख़ की गेम दे गया था ठीक है सीधा सिंगल सिंगल बीस दे गया था ठीक है बीस दे गया था और अठारह दे गया था और बहत्तर दे गया था ठीक है तो बीस की हमारी राशि में बीस की सीधी सीधी फरीदबाद में पास पहले ठीक है पहले फरीदबाद में पास उसकी राशि फिर गाजियाबाद में पास ठीक है दोस्तों गाजियाबाद में पास उसके बाद फिर इसे ये गली में पास दोस्तों लगातार तीन तीन ब्लास्ट शुरुआत सही चल रहा है सिंगल जोड़ी तो सिंगल जोड़ी दोस्तों सिंगल तो सिंगल ठीक है मैंने परसों भी दिया था अंठावन ठीक है परसों भी दिया था अंठावन सात तारीख को और आठ तारीख को ये दिया था सिंगल ठीक है तो आज भी सिंगल मिलेगा ये अभी पन्ना ख़त्म हो गया मैं आपको एक और भी चीज़ दूंगा जो जोड़ी आने के बाद जोड़ी आता है ठीक है कौन सी जोड़ी पे आने के बाद कौन सी जोड़ी आता है ये भी आपको ट्रिक दे के जाऊँगा ठीक है ये सारे सिस्टम बना रखा हूँ मैं कब कौन सा जोड़ी आता है कब कौन सा जोड़ी खुलता है ठीक है ये समझाने से पहले मैं आपको अब इसका समझना पड़ेगा इसके लिए आपको वक्त लगेगा ठीक है कौन सा जोड़ी आने पर आ, आता है जोड़ी ठीक है तो यह अभी आपको दे नहीं रहा हूँ अगर आप भाई को दिमाग लगा सकते हो तो दिमाग लगा लेना ठीक है बाकी आपको मैं दिसआवर की ट्रिक दे जाऊंगा कल उसका काम पूरा नहीं हो पा रहा है मेरे से ठीक है टाइम नहीं दे पा रहा पूरा पूरा तो ये वाला ट्रिक जो मैंने कल आपको बीस निकाल के गया था और आपको जो मैंने एक इकहत्तर भी दिया था उसका भी ट्रिक है मेरे पास और आपको बस एक मैंने जोड़ी दिया था आपको पता होगा आ, जिस दिन चौंतीस खुली थी ठीक है वो भी आपको दूंगा, ये पहले ट्रिक समझ लो ये ट्रिक लंबा टाइम तक चल रहा है दो महीना हो गया इसको लगातार ही चल चलते जा रहे चलते जा रहे एक बीच में एक बार दो दिन इसने फेल दिया है और ना लगातार ही पासिंग देके गया ठीक है अब कैसे पासिंग हो रही है ये आपको बता दूँ पिछले महीने में हम लोग मैंने आपको ये दिया था ठीक है पिछले महीने में आपको मालूम होगा मैंने आपको ये ट्रिक दिया था ध्यान होगा आपको ठीक है क्या करना था यहाँ पे हमें दिन करना था अट्ठासी प्लस ठीक है दोस्तों एट अट्ठानवे में हमें अट्ठासी प्लस करना था तो अट्ठासी प्लस करेंगे तो हमारा आएगा एक सौ छियासी ठीक है दोस्तों एक सौ छियासी आएगा जिसमें से हमारा छत्तीस सिंगल निकली थी हमारी ठीक है छत्तीस सिंगल निकली थी ठीक है दोस्तों और छत्तीस हमारी यहाँ पर फरीदाबाद में पास हो गया था ठीक है दोस्तों चार जोड़ी का ट्रिक है दो दिन पर खेलना है पर दो दिन के उससे पहले आ जाते हैं ठीक है फिर यहाँ पे था हमारा 89 नाइन यहाँ पर प्लस करना था हमें अठानवे ठीक है दोस्तों यहाँ पे प्लस करना था अंठानवे तो हमारा आ रहा है कितना सन्तावन ठीक है दोस्तों एक सौ आ रहा है तो हमें सन्तानवे आ रहा है एक ही लेना है हमें ठीक है दोस्तों एक सौ संतानवे लेना है हमें और एक सौ में मैं आपको बता दूँ प्लस अगर एक सौ अंठानवे करता है तो बराबर आएगा इसका एक सौ ठीक है और ये देख सकते हो दूसरे दिन यहाँ पे गली में मार के गया ठीक है दोस्तों संतानवे की प्लेट गली में मार के ठीक है उसके बाद आया फिर छियासी मैंने आपको ये भी दिया था छियासी के ऊपर आपको जोड़ दिया था मैंने आपको अभी दिखा दूँगा ये अब चल रही थी एक तारीख से एक तारीख को मैंने फिर दूसरा ट्रिक बनाया था तो ये छियासी आई थी तो मैंने यहाँ पे क्या किया आठ प्लस किया दोस्तों ठीक है हमारे यहाँ से अठानबे से पूरे महीने की गेम खत्म हो गई थी तो फिर मैंने से आठ से शुरू किया ठीक है तो आठ से शुरू हुआ था आठ छः में आठ प्लस करेंगे तो आएगा हमारा छः में आठ प्लस करेंगे तो हमारा आएगा चौरानबे ठीक है दोस्तों चौरानवे की उनचास यहाँ पे पास हुई थी और हालांकि मैं सिंगल जोड़ी दे गया जाके देख लेना दोस्तों और यहाँ पे गाज़ियाबाद में इसने फिर चौवालीस दे दिया ठीक है दोनों ही जोड़ी पास ठीक है उसके बाद आया फिर अट्ठासी ठीक है दोस्तों उसके बाद आया अट्ठासी अट्ठासी में मैंने आपको जोड़ी पकड़ जोड़ी जो देके गया था एक जोड़ी दो जोड़ी सिंगल जोड़ी दे गया था अट्ठासी में हम क्या करेंगे अट्ठारह प्लस करेंगे तो आएगा हमारा छियालीस ठीक है मैं आपको बोल गया छियालीस की जोड़ी खेल लेना पर ये दोनों दिन दो, दो दिन के दो दिन के अंदर आना चाहिए था तो आई नहीं है ठीक है दोस्तों ये दो दिन के अंदर आना चाहिए था आई नहीं है फिर कल निकला है बहानवे ये देख सौ तो यहाँ पे मैंने बहानवे निकाला था ये रहा बहानवे तो बहानवे में हम मैंने क्या किया कल प्लस किया था अट्ठाईस की ठीक है दोस्तों अट्ठाईस में बहानवे प्लस करेंगे तो क्या आएगा भाई बीस आएगा सीधा सीधा ठीक है और 20 की राशि मैंने आपको सिंगल इसीलिए दे के गया था ताकि आपको प्रॉफिट हो ठीक है दोस्तों इसीलिए मैंने आपको ये 20 दे दिया था ठीक है सिंगल में 20 दे दिया था क्योंकि मुझे और एक ट्रिक से निकल रही थी ये ट्रिक इसीलिए मैंने आपको 20 दे गया तो 20 की ये देखो 20 पास है हमारा ठीक है और ये सन्तावन पास है और ये मुंडा सात पास है ठीक है और ये ट्रिक चल कहाँ से रही है मैं आपको बता दूँ ये ट्रिक चल रही है ये देख सकते हो गली से चलती है हमारा ट्रिक ये ये ट्रिक हमारा गली में चलता है और आज जो गेम आएगा आज जो गेम आएगा आज छोड़ के यानी आज आ गया कल जो भी गली में आएगा यहाँ पे जो जोड़िया आएगा एक दो दो हो गए ना हाँ ठीक है कल जो कल जो गली में आएगा ठीक है तो गली को गली वाला यहाँ रख लेना और अड़तीस प्लस करके खेल लेना जोड़ी पास हो होके जाएगा दोस्तों दो दिन पकड़ के चलना है पर आठ जोड़ी होता है ये जोड़ी आठ जोड़ी नहीं बोल रहा हूँ सॉरी चार जोड़ी होता है चार जोड़ी के अंदर सीधी सीधी जोड़ी मार के जाता है एक सीधी सीधी जोड़ी मार के गया सीधा ही तो सीधा ठीक है एक दिन फेल हुआ है लगातार ही पासिंग है दो महीने से लगातार पासिंग लगा। इस महीने भी, भी स्टार्ट हुआ है और चल रहा है ठीक है मैंने पिछला रिकॉर्ड भी देख चुका हूँ इसका आपको पिछला महीना भी मैंने पास करवाई ये चीज़ें ठीक है पर मैंने आपको पिछले महीने में ट्रिक नहीं डाला था ये ठीक है डालूँगा थोड़ा वक्त दो मेरे को क्योंकि इसमें बहुत सारा टाइम लगता है ये वाला अभी काम पूरा हो चुका है इसका भी काम पूरा हो चुका है ये भी आपको ये वाला ट्रिक दे जाऊंगा लाइफ टाइम वाला ट्रिक है लगातार ही क्योंकि ये 2015 से है तो मैं दिखा दूँ ये 2000 देख सकते हो 2015 से ये स्टार्ट किया मैंने ठीक दोस्तों 2015 से स्टार्ट है ये पाँच साल का इसमें रिकॉर्ड है ठीक है ये आपको लाइफ टाइम वाले ट्रिक दे जाऊंगा ठीक है दोस्तों और फरीदाबाद के डीएस के लिए मैंने ये ये अभी बना रहा हूँ ठीक है डीएस के लिए ये चीज़ बना रहा हूँ मैं जो जोड़ी आ रहा है ना उनका ऊपर ही जोड़ी निकल रही है तो ये ट्रिक आपको कल दूँगा मैं ठीक है ये ट्रिक आपको कल दूँगा सिर्फ डी एस की ये जोड़िया है तो ये आपको कल दूंगा। तो आज की जो सिंगल हरूफ है जोड़ी है और हरूफ है वो भी आपको मैं दे जाता हूँ ठीक है आज का सिंगल हरूफ है नौ का ठीक है और आज जो, जो जोड़ी रहेगा मेरे हिसाब से ठीक है दोस्तों आज जो मेरे हिसाब से जोड़ी रहेगा वो एक रहेगा हमारा उनचास का ठीक है मेरे दूसरे ट्रिक से निकल रही है ट्रिक कल दे जाऊँगा उनचास का ठीक है और सपोर्ट में एक जोड़ी मेरे पास बन रहा है अगर आपको अच्छा लगे तो आप खेल लेना दवा की कोई दिक्कत नहीं है दवा की खेलना ठीक है दोस्तों चौदह की ठीक है चौदह की और उनचास की ये आपको फैम लिया खेलना है दोनों ठीक है इसका दो ज़्यादा जोड़ी नहीं बनता इसका कम जोड़ी बनता बहुत कम जोड़ी बनता है दोस्तों इसका थोड़ा ज़्यादा बनता है ये जोड़ी बनता है छियानवे ठीक है चौंसठ एक जोड़ी उन्नीस ठीक है आज सिंगल ये है गाजियाबाद में ज़्यादा करना के ज़्यादा खेल के चलना जितना मर्ज़ी गाज़ियाबाद में लगा लेना गाजियाबाद में पास हो जाएगा होके जाएगा तो होके जाएगा ठीक है और बहानवे उनतीस ये जोड़ी और ये इसका पूरा राशि खेल लेना आप मैं आपको कहूँ तो इसका राशि ही खेल लेना ठीक है इसका राशि पूरा खेल लेना आपको अगर समझ में आए तो खेल लेना क्योंकि ये जोड़ी गाज़ियाबाद में आज मेरे मेरे हिसाब से सेट हो रही थी बट अगर आप मेरे पास बनेगा तो मैं आपको आ, उसमें दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा अभी के लिए यही जोड़ी है ठीक है चलते क्या सर जय हिंद जय भारत बंद है वीडियो लंबी हो रही है बहुत ज़्यादा क्योंकि भाई ट्रिक बहुत ज़्यादा दिखा रहा मैंने और क्या बोलते हैं कल मैं आपको दूंगा डी एस के लिए ठीक है चलते हैं सर जय हिंद जय भारत बंद है मातरम